بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد بالله من الشيطان रसूल بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह तम लोगों से कुछ सच बोले और वह सच हमें क्या लगते हैं कड़वे जाहिर सी बात है सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन अक़लमंद इंसान क्या करता है उस कड़वे सच को मान लेता है तो अल्लाह तच बोले हैं कहा है या नास इन कुन तुम फ़िर बिमिन्बास ए लोगों तुम लोग मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते आपका जिसम ज़ाया होता है आपके जिसम को मिट्टी खाती है कीड़े मकोड़े खाते हैं हड्डियाँ ख़त्म होती लेकिन आपकी रूह थोड़ी ना ख़त्म होती है आपकी रूह तो पहले ही आलम अरबा में पहुँच जाती है फिर जिस इंसान के जैसे अमल होते हैं जैसे कर्म होते हैं फिर वैसे ही सजा और जजा मिलती रहती है तो अल्लाह कहते हैं वन अल्लाह बसू मनफिलकबूर हम इसी मट्टी से जो इंसान मट्टी हो गया उससे फिर दोबारा उसको अपने सामने खड़ा कर देंगे बना के तो ये सच हमें क्या लगता कड़वा काफ़ी लोग कहते हैं कि इंसान मर के ख़त्म हो जाता उसके बाद कुछ है ही उसका प्रोसेस आगे अल्लाह ने हमें सच बता दिया वो लोग क्या बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि इंसान मरने के बाद ख़त्म हो जाता तो अल्लाह अपनी कुदरत के दलाइल देता है कि इंसान कैसे नहीं ज़िंदा हो सकता है फिर अल्लाह कहते हैं वल़द ख़लन बिन सलात बिन तीन पहले अपने पीछे आगे की तरफ आओ कि हमने तुमको बनाया कैसे हमने तुमको एक मिट्टी से बनाया उम्म जान्लाता फ़ीकर मकिन फिर उसी मट्टी से हमने तुम्हारा वो नुस्ा बनाया वो मनी का कतरा बनाया फिर उस मनी के कतरे को हमने मां के पेट में टिकाया फ़लकनुफ़ा दलका फ़ल का मुस्ा फ़न एगा फिर हमने उस मनी के कतरे को एक जमा हुआ ख़ून बनाया फिर जमे हुए खून को हमने एक लोथड़ा बनाया फिर उस लोथड़े को हमने हड्डियां बनाई। फिर उस हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया जो खुदा एक मनी के कतरे से इतना खूबसूरत एक इंसान बना सकता है और ऐसे अंधेरे में बनाया जिसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता वो माँ का पेट अंधेरा तीन, तीन तीन अंधेरों में बनाता है फीज मात सलास एक तो ब्रहम की झिल्ली दूसरा माँ का पेट का अंधेरा तीसरा माँ की खाल का अंधेरा और ऐसे अंधेरे में कोई मजदूर नहीं है कोई डेंट पेंट करने वाला आदमी नहीं है ये सारे काम हमारा रब क्या करता साथ में आसमान पर बैठ के करता अगर आप एक गाड़ी देखेंगे कि, कि कितने लोग उसके काम करते हैं बनाने के लिए कोई उसके टायर बनाता कोई उसके पंचर बनाता कोई उसे स्टेरिंग बनाता लेकिन यहाँ इंसान इतने इतना खतरनाक चीज बन रही है जिसे इंसान कहा जाता इतनी टेक्निकल चीज बन रही है तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है कि देखो हम क्यों नहीं तुमको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं तो अब हमें ये सच क्या होता है? थोड़ा सा कड़वा मालूम होता है लेकिन अब इतनी सी बात समझ में आई कि ये सच कड़वा नहीं है क्योंकि अभी वो लोग बता रहे थे दूसरे लोग कि इंसान मर के ख़त्म हो जाता है लेकिन अब हमें समझ में आया कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा अब ये सच हमें कड़वा नहीं मालूम होता अब हमें ये सच कड़वा लगता ही, ही नहीं है क्यों लगेगा अब हमें समझ में आता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा फिर वहाँ भी मज़े करेगा लेकिन अल्लाह ने जब इसके बाद जो सच बोला है वो बज़ाह बहुत कड़वा है अल्लाह ने कहा है लतुस नानिन नाइन हमने तुमको जो नेमतें इतनी सारी दी हैं उसका कोई हिसाब अल्लाह हमसे नहीं मांग रहा लेकिन हाँ उसकी कुछ ना कुछ शुक्र ज़रूर मांग रहा अल्लाह ने बहुत सारी नमतें दी हैं रात का बदलना हमारे लिए नमत है भूख लगना खाना खाना यह हमारे लिए सारी चीज़ें ही नहमत न्यामत है माँ का साया दिया जिसने हमें इज़्ज़त के साथ पाला और कोई दूसरी औरत होती तो क्या हम लोगों को पाल लेती माँ का साया मिला यह नहमत है बाप का साया मिला यह हमारे लिए नमत है कि उस बाप ने हमारी माँ को तहफ़ दिया शल्टर दिया कि उसको इज़्ज़त के साथ रखे रोडों पर ले ना फिरें यह हमें नेमत मिली या नहीं मिली आँखों को बनाया यह हमारे लिए नेमत है या नहीं है कानों को बनाया हमारे लिए नेमत है या नहीं है नाक को बनाया सूँगने के लिए नेमत है या नहीं है जबान को बनाया बोलने के लिए नेमत है या नहीं है बताओ कानों में क्या है नाक में क्या है अजीब है दो सुराख हैं एकदम से हम लोग सूंग लेते हैं इसके अंदर कोई मशीन है कुछ नहीं है अगर हम देखो कानों से सूँगेंगे तो नहीं सूँग पाएंगे आँखों से बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे अल्लाह ने एक एक चीज़ अपने हिसाब से बना दी क्या आजीब है क्या अजीब उसकी कारीगरी है इंसान के मैदे को बनाया जिससे खाना हजम करता है हाथों को बनाया यह हमारे लिए नमत है जिससे इंसान के अगर तक पकड़ता है पैरों को बनाया जिससे वो चलता हर एक, एक चीज़ वो अपने हिसाब से उसने बनाई है अजीब अजीब आलात लगा दिए बताओ कोई अगर चीज़ हम कान के करीब लेके जाएंगे सूँग पाएगी नहीं आँखों के करीब कोई चीज़ लेके कर जाएँगे सूंघ पाएगी नहीं जैसे ये नाक के करीब लेके कर आते हैं नाक एकदम फ़ौर सिंगर लेती है और कहती है भीमी भीमी, भीमी खुशबू आ रही है या अच्छी सी खुशबू आ रही है बदबू आ रही है बताओ कोई से हालात लगे इसमें नहीं लगें तो इंसान अल्लाह कहते हैं कुल आई तुम इन समकुम वारकुम व आला कुलम कि अल्लाह तुमसे देखने की भी सलाहियत ले ले और कानों से सुनने की भी सलाहियत ले ले नाक से सूँगने की भी सलाहियत ले ले और तुम्हारे दिल पे मोहर लगा दे और तुम्हारा दिल सोचना समझना बन कर दे बताओ कौन है ऐसी ज़्यादात जो तुम्हारी इन ताकतों को दोबारा बहाल कर सके कोई है ताकत नहीं है तो जिसने कानों की सुनने की जो ताकत रखी है उसी ने और बाकी भी उसी ने उसी ने ही हमारे नाक को सूँगने की भी सलाहियत दी है और ताकत भी किसी बाक, किसने बाकी रखी है अल्लाह ने तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हमारे लिए नमत है या नहीं है हम एक छोटा सा वाक़ सुना के अपनी बात को ख़त्म करते हैं एक बुज़ुर्ग थे एक बादशाह था उनके टाइम में बादशाह एक बागी ख़ुदा का बागी इंसान के पास जब पैसा हो जाता है तो वो क्या होता है थोड़ा सा खुदा का भागी हो जाता है उसके पास ओर अशी साथ, साथ में आ जाती है ग़रीब आदमी ज़्यादा दिन पर चलता है बन अमीर आदमी के तो वो बादशाह था तो वो उसे अपनी इतनी सारी सल्तनत घमंड घमटता तो वो अपनी सल्तनत जो है बुज़ुर्ग को देना चाहता है कहता है कि हम ये आपको आधी स... अपनी सल्तनत देना चाहते हैं तो वो बुज़ुर्ग बोले हमारी नज़र में तुम्हारी सल्तनत की कोई वैल्यू नहीं है कोई कीमत नहीं है दो टके की हमारी नज़र में तुम्हारी सल्तनत की वैल्यू नहीं है टका समझते हो देखो बांग्लादेश अगर जाओगे वहाँ पर जो एक रुपया होता है उसे टका बोलते हैं तो उसकी करेंसी को टका बोला जाता है तो उनके वैल्यू में कोई इसकी औकात नहीं है तो वो जब इस तरीके बादशाह बुज़ुर्ग बातें करने लगे तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि यार इतनी चीज़ें हैं इसमें इतनी बड़ी सल्तनत दे रहे हैं हम इतने इसमें ख़ज़ाने हैं इसमें सब कुछ है और ये इस तरीके की बातें कर रहा है तो बुज़ुर्ग ने बताया तुम्हारी ये पूरी सल्तनत सिर्फ़ एक पानी के प्याले एक पानी के प्याले और पेशाब के बाहर निकलने के बराबर रहे तो उस बादशाह को बड़ी ताज्जुब हुई हैरानी हुई तो बुज़ुर्ग ने बतलाया कि देखो अगर खुदा न करे आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिससे क्या है आपको प्यास भी बहुत तेज़ लग रही हो और पानी भी हलक में नहीं उतर रहा हो और तुमने पूरी की पूरी कोशिश कर ली हर एक, एक जगह अपने डॉक्टरों को दिखाया मरीज़ों को बुलाया हकीमों को बुलाया सब इलाज कर लिया सब आजिज़ हो गए सिर्फ एक ही हकीम था जिसके पास इसका चूरन था और उसने कहा हम आपको यह ऐसे चूरन खिलाएंगे जिससे क्या होगा आपका यह पानी का प्याला पानी की प्यास भी बुझ जाएगी मैदे में आ जाएगा ठहर जाएगा प्यास तो उसने कहा ठीक है बताओ इसकी कीमत क्या है तो एक ही हकीम था आपको यह नहीं उसकी जो इलाज कर सकता था तो उसने उसकी कीमत बताई कि आधी सल्तनत है तो बात बुज़ुर्ग ने कहा कि आप बताओ अब उसको आधी सल्तनत दोगे या नहीं दोगे तो वो बादशाह भी हैरान था सोचने लगा कि हम जब तड़प तड़प के मरी रहे होंगे तो फिर हम मरना तो है ही तो फिर ऐसे मरने से फ़ायदा क्या? हम दे देंगे उसको अपनी सल्तनत आदि तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आधी सल्तनत दे दी फिर उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो अभी जो आपने पानी पिया है किसी तरीके से ये पेशाब के रास्ते में ना आए पेश आपका निकलना बंद हो जाए फिर आपने सब हकीमों को बुलाया सब डॉक्टरों को बुलाया सब डॉक्टर हैरान हो गए हाजिज़ हो गए नहीं इलाज कर सकते आपने उसी हकीम को बुलाया जिसने पहले चूरन खिलाया था फिर वो आया फिर वो कहता है कि हम आपको ऐसे चूरन खिलाएंगे कि आपका पेशाब दोबारा निकल जाएगा तो उसने किया इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत यही है कि जो अब जो बाकी आधी बची है वो भी हमारे हवाले कर दो वो भी हमारे नाम कर दो तो इस तरीके से बुज़ुर्ग ने पूछा बादशाह से कि बादशाह आप बता तो क्या करेगा तो वो कहने लगे हम अपनी बात बताएंगे उसे थोड़े से रियाल देंगे थोड़े से डॉलर देंगे किसी तरीके से अपनी बात मनवाएंगे लेकिन वो मानेगा ही नहीं अब अच्छा बादशाह होता उसके पास तो सारी सुविधा होती है वो चाहेगा तो अपने फौजों को भी भेज सकता है ऐसा ना हो कहीं भेज के उसे मरवा ही दे क्योंकि नुस्खा तो उसी के पास है उसी को मालूम है तो उस पर किसी तरीके से जबर नहीं कर सकता किसी तरीके से भी नहीं तब फिर बुज़ुर्ग ने बतलाया कि वो अपनी पूरी सल्तनत आदि अपनी पूरी सल्तनत उसके हवाले कर देता है तो बुज़ुर्ग ने कहा बादशाह से कि देखो हमारा अल्लाह लाखों बार पानी पिलाता है लाखों बार पेशाब के रास्ते से निकालता है और हमसे इसका कोई रुपया नहीं लेता कोई इसका रुपया नहीं मांगता तो मेरे भाई हमें भी सोचना चाहिए कि आज हमें जो नियमतें मिली हैं उसकी क्यों नहीं क़दर हो रही है हमारा खाना हजम हो रहा है हमारे लिए नमत है या नहीं है आँखों से हम देख रहे हैं नमत है या नहीं है अगर आँखों से अल्लाह ये देखने की नमतें हमसे छीन ले तो बताओ हम अपनी प्रॉपर्टी लूटाने पर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे वापस इसको लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे अल्लाह हमसे छीन ले तो भाई इसकी कोई हमसे अल्लाह कीमत नहीं मांग रहा सिर्फ क्या एक शुक्रगुज़ारी मांग रहा है कोई इसके बराबर नहीं है कीमत शुक्रगुजारी क्या है कि जो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है पिला रहा है सब कुछ हज़म हो रहा है तो आप क्या करें सुबह फजर की नमाज़ पढ़ लें जमात के साथ आके नमाज़ पढ़ लें अपने बिस्तरों से हट जाए सर्दी का मौसम है लेकिन आके नमाज़ पढ़ लें यह सस्ती की कीमत अल्लाह हमसे मांग रहा है वरना अगर खुदा ना करे हमों का पेशाब बंद हो जाए कितनी तकलीफ़ होती है बहुत तकलीफ़ होती है कैसे हम लोगों को डॉक्टर लूटेगा तुम्हारे तो भाई ये नहमत है हमारे पास अल्लाह हमसे इसका कोई अभी हिसाब नहीं ले रहा है लेकिन बाद में ज़रूर लेगा तो हमारे हम लोगों को पास एक से एक चीज नमत मिली हुई है, हम लोगों को उसका शुक्र गुज़ारी करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो भी कुछ बातें अगले हफ़्ते करेंगे इन शहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू